हेलो दोस्तों मैं हूँ तैयार आज देख रहे हैं आप लोग हमारा एक और नया वीडियो आज पंद्रह अगस्त पे हम लोग आज अपने दुकान पे ही झंडा फहराने वाले हैं तो उसका आज लाइव वीडियो आप लोग के दिखाने वाला हूं तो सो दोस्तों चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं हेलो दोस्तों मैं हूं तैयब और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे मेरा चैनल वन मैन इंडियन चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ साथ बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहें अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें देखिए हमारे एक दोस्त जो फूल तोड़ रहे हैं झंडा में बांधने के लिए और यहाँ पे झंडा रखा है अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा है <laughs> बढ़िया सर ओके से बाहर लोता ये फूल पहले डाल लो का है भुला जाता जण का कुछ थोड़ा सा फूलवा ले लो थोड़ा सा डला दो फूलवा डालना है ना एक हां अरे वाला फूल डाल का हां तो के लिए ना ना डालना ले आई तो फिर फूल डाल दे फिर बस हां आज रात बड़ा का बड़ा और चलो सब कुछ चलो हम गुलाब गोला गुलाब क्या डाल देखा जाए नन्हा गेम बनाता उसका बिगाड़ मालूम तेरा सीधा बोल दिया तेरा बड़ा प्लान है ठीक सही बात है तो बाबू नाम नहीं हां हां देख रहा नहीं देखला नहीं बानल दादा खवानी अपना मुनु नहीं कपड़ा कमरो देख ले चेरी तो बात है, चेरी एको नहीं खाई जाए, मैं चेरी बाँटता है, ये तो पुआल ऐसे छोड़ ही जाए, चेरी बच्चों लगे क्या कोल्हापुर, चेरी के स्कूल जाओ, वो तो पढ़ाना पापु फारा लगता है, जाओ तो पाया को छोड़ के लगे क्या कोल्हापुर, दूसरा पास किस रूप में, आधा का पाया को छोड़, न बोला बना ले के लिए ए बाबा रुका हम बनाओ त नहीं ऊंगा ना हो बाबा ए रूप बुरी लेड़ा नहीं समझ रुका बनाओ चटकी के सीधा सा हमारे चटियो होए तो बोलो अब छोटा बनाओ बड़ा पहले काय ज्यादा बड़ा नहीं और छूट और छूट और छूट हां छोड़ हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, रही है हाँ, हां गंडावा लेयो न तारा आज सप्तमी पूजा का तारा सांस भ यार इधर आ सारे हमारा सप्तमी से, से बड़ा न होईगा सप्त त्यौहार से बड़ा त्यौहार है हां एन कदी काका कोई ना तो आ आज आज आज ना पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस अगस्त उन्नीस सौ छियालीस छियालीस बारह को चौदह को हाँ हो आठ को अच्छा। नहीं होने से होने से नहीं से होने से बचा ले बो बोलो बात दो दरी की हाँ वो कलिफ़ेतराम अच्छा लकड़ी का घिसता ना vivo con el paglamo खड़ा फोटो का हटली दोस्तों आज हम लोगों ने अपने दुकान पर पंद्रह अगस्त के अवसर पर अंडा फहराया है और आज सभी दोस्त यहाँ पे मौजूद थे काफ़ी उत्साह भी था देखिए ये तिरंगे का फोटो है तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा